Google LLC Google Limited Liability Company एक अमेरिकल मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इंटरनेट रिलेटेड सर्विस को ऑपरेट करती है फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी ए टेक्नोलॉजी सर्च इंजन क्लाउड कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड Google टॉप फाइव टेक कंपनीज में से एक बट गूगल के बहुत से ऐसे भी फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप अवेयर नहीं हेलो फ्रेंड्स मैं हूं प्रशांत इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं टॉप टेन अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट गूगल। सो लेट्स फैक्ट नंबर वन डिस्कवरी ऑफ गूगल करीब 22 साल पहले गूगल के फाउंडर सर्जीव ब्राइन द्वारा 4th September 1998 में मैनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में गूगल की खोज की गयी गूगल की उत्पत्ति बैंक रॉप शब्द ऐसी हुई जो लैरी और सरजेई का एक रिसर्च प्रोजेक्ट था एंड गूगल गूगल की मिस स्पेलिंग है जो कि एक ह्यूज मैथमेटिकल नंबर है वन इन टू हंड्रेड टाइम जीरो ट्रैक नंबर टू लोगो एंड डोमेन ऑफ गूगल इन नाइनटीन को फाउंडर लैरी पेज ने पहला गूगल लोगो डिजाइन किया एंड गूगल डोमेन का रजिस्ट्रेशन फिफ्टीन सेप्टेम्बर नाइन्टीन में हुआ ट्रैक्ट नंबर थ्री फर्स्ट ऑफिस एंड प्रेजेंट टाइम हेडक्वार्टर ऑफ गूगल इन फोर्थ सितंबर 1998 गूगल का फर्स्ट ऑफिस एक रेंटेड मैसी ग्रास था इन जुलाई 2003 में गूगल अपने रिसेंट हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया की गूगल प्लेक्स में शिफ्ट हो गया गूगल प्लेक्स एक ह्यूज एरिया है जो सिक्सटीन हंड्रेड एम्पी माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में स्थित हैूगल प्लेक्स सीईओ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ गूगल सर सुंदर पिछाई गई रुथ प्रो सी या ओ है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। गूगल प्लस में 139,995 लैख वर्क करते हैं गूगल का पहला कंप्यूटर मेगा ब्लॉक से बना हुआ था जो इसम में ट्रैक नंबर गूगल रिवेन्यू गूगल रिवेन्यून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हंड्रेड एट्टी बिलियन 527 मिलियन यूएस डॉलर ऑपरेटिंग इनकम ऑफ गूगल फोर्टी बिलियन टू मिलियन यू डॉलर नेट इनकम ऑफ गूगल फोर्टी बिलियन टू हंड्रेड सिक्सटी नाइन मिलियन यूएस डॉलर गूगल की टोटल रेवेन्यू थ्री हंड्रेड नाइनटीन बिलियन एंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन मिलियन यूएस डॉलर गूगल सर्च इंडियन मार्केट शेयर नाइन्टी टू पॉइंट होल्ड करता है सिक्स गूगल सर्च लगभग थ्री पॉइंट फाइव बिलियन सर्च हर दिन होते हैं और वन पॉइंट टू ट्रिलियन सर्च पर ईयर होता है गूगल सर्च नाइनटीन नाइनटी सेवन में लॉन्च गूगल सर्च सर्च 149 languages support करता है। अपने की जी मेल को फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फोर में लॉन्च एंड गूगल इमेज को ट्वेल्व जुलाई टू थाउजेंड वन में लॉन्च किया फैट नंबर एट गूगल क्लाउड स्टोरेज कैपेसिटी एंड एवोल्यूशन गूगल क्लाउड की स्टोरेज 5 वाइड तक है पहले गूगल 30 टू 50 पेजेस वन सेकेंड में प्रोसेस करता था बट अब सेकंड में ऑफ पेजेस प्रोसेस करता है। फैक्ट नंबर नाइन गूगल ओन्ड एप्लीकेशंस। गूगल ने अपनी बहुत सी एप्लीकेशंस लॉन्च की है फॉर ब्राउजिंग गूगल क्रोम फॉर नेविगेशन गूगल मैप फॉर वीडियो शेयरिंग यूट्यूब फॉर क्लाउड स्टोरेज गूगल ड्राइव फॉर ईमेल जी फॉर ओ ऑफ एंड्रॉइड क्रोम एक्सेट्रा एटसेट्रा गूगल प्ले स्टोर पर 3.14 मिलियन एप्लीकेशन प्रेजेंट हैं। फैक्ट नंबर टेन गूगल स्मार्टफोन्स। गूगल ने अपने बहुत से स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं जैसे गूगल पिक्सल फोर ए गूगल पिक्सल फाइव ए फाइव जी गूगल पिक्सल थ्री एटसेट्रा एटसेट्रा एच ड्रीम पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन था जो एंड्रॉइड 1.0 के साथ आता था लगभग 24,000 फोर थाउजेंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंड्रॉइड स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके। वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस कर लेंक फॉर वॉचिंग